हाय माय डियर स्टूडेंट आज मैं प्रकाश सर आप लोग के लिए टॉपिक लेकर आया हूं उस टॉपिक का नाम है टोरू उस टॉपिक को टोरुलेसन कहते हैं पिछले वीडियो में मैंने आपको एक सेक्सुअल इप्रोडक्शन का जो टाइप बताया था उसमें से एक टाइप है टॉरुलेसन उसमें से एक टाइप क्या है टुलेशन टोरुलेशन, यह सेक्सुअली प्रोडक्शन का टाइप है तो आखिर टोरुलेशन किसे कहते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि टोरुलेशन बिल्कुल बडिंग के समान क्रियाएं हैं मुकुलन के समान क्रियाएं ही टोरुलेशन है लेकिन इसमें और मुकुलन में अंतर होता है वह बहुकोशिकीय कोशिकीय जीवों में होता है जबकि टोरुलेशन एक कोशिकीय जीवों में होता है अर्थात एक कोशिकीय जीवों में होने वाले मुकुलन को एक कोशिकीय जीवों में होने वाले मुकुलन को ही टोरुलेशन कहते हैं क्या कह रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय जीव में होने वाले जिसको बडिंग को अर्थात मुकुलन को टॉरुलेशन कहते हैं ताकि टोरुलेशन किस में होती है जिसका एग्जाम्पल में आप इश्ट इश्ट उसके बाद ओइडिया ऑफ राइजोपस, ओडिया ऑफ राइजोपस ये सब बता सकते दर्शा सकते हैं अब देखिए ये दोनों ही क्या है एक कोशिकीय जीव है जिसमें जो औलैंगिक जनन की क्रिया होती है वो कैसा होता है तो टोरुलेशन के द्वारा होता अर्थात मुकुलन के प्रकार में चुकी एक कोशिकीय जीव है तो एक कोशिकीय जीव में मुकुलन क्या कहते हैं टोरुलेशन कहते हैं तो चलिए आप दोनों बताइए आप लोग में से कि इसमें से किसके बारे में मैं आज एक्सप्लेन कर दूँ क्या पहला मतलब हर कोई पहला दूसरा से कोई दोस्ती नहीं अच्छा कोई बात इट इज़ गुड चलिए तो मैं टोरुलेशन ईस्ट में ही बताता हूँ सबसे पहले देखिए ये ईस्ट है एक कोशिकीय होता है इसमें वैक्यूल है इसको न्यूक्लियस केंद्रक कहिए इसके अलावा बहुत सारे इसमें छोटे छोटे सेलुलर कंपोनेंट होते हैं ये आपका इष्ट है इसे क्या कहते हैं इष्ट कहते हैं इसमें क्या होता है बाहर की ओर कहीं से एक भाग बाहर की ओर वृद्धि करता है बाहर की ओर वृद्धि करता है और इस भाग में विक्यूअल भी बनना शुरू हो जाता है ठीक केंद्रक है केंद्रक बट कर जाना शुरू होगा अभी बटा नहीं है के बतेग, बटेगा बतेग, वहाँ जाएगा ठीक ये सब कंपोनेंट भी है अनकम्पोनेंट है यह जो बाहर की ओर वृद्धि होती है इसे ही टूला कहते हैं इसे क्या कहते हैं टोरुला कहते है। यही टूला है अगले स्टेप में क्या होता है कि और बढ़िया से आगे की ओर वृद्धि कर लेता है बढ़िया से मतलब अच्छी तरह से यहाँ पर केंद्रक भी आ गया यहाँ पर भी एक केंद्रक है केंद्रक बट गया दो भाग बट गया और ये जो केंद्रक का जो विभाजन हो रहा है या समसूत्री विभाजन हो रहा है ये जो डिवीजन है वो समसूत्री विभाजन इसमें माइटोसिस डिवीजन है अब देखिए यहाँ पर भी वैक्ल इधर भी वेक्ल हो गया यहाँ पर भी वैक्ल है अदर कंपोनेंट भी यहाँ अदर कंपोनेंट भी आ गया ये अदर कंपोनेंट जो कि इस इष्ट में पाए जा रहे हैं ऊपर वाले को आप जानते हैं इसे मेमब्रेन कहते हैं अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में ये अलग हो जाएगा अब ये सेपरेट हो गया ठीक ये सेपरेट हो गया इसको भी डबल कर दीजिए ये सेपरेट हो गया ये केंद्रक इसमें भी ये वेक्यूल यह केंद्रक और ये जो सेलुलर कंपोनेंट है इष्ट के वो कंपोनेंट हो गए इस प्रकार देखिए ये जो छोटा वाला ऊपर अलग हुआ है टोरुला जो अलग हुआ चुकी है अब ये अलग हो चुका है अब इसे संतति कहते इसे क्या कहते हैं संतति या पुत्री इश्ट कह सकते हैं और ये क्या हो गया जनक इश्ट जनक को पेरेंट्स कहते हैं और पुत्री को डॉटर कहते हैं संतति को डॉक्टर कहोगे ऑफ स्प्रिंग टर्म का यूज मत कीजिएगा क्योंकि ऑफ स्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उत्पन्न संतानों के लिए यूज में आता है तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इश्ट में सबसे पहले बाहर की ओर वृद्धि होती है और उसी वृद्धि को हम लोग टोरुला कहते हैं कैसे वृद्धि होती है नहीं समझ में आता है कभी कपार पर पत्थर लगाए टकराए दीवार में तो जो ढेर ढेढ़ फूल जाता है ना उसी तरह के। अरे इसमें जनन की क्रिया है जनन की क्रिया है जनन की क्रिया का तत्व क्या है इसमें जनन के लिए ही इसका जब ये मैच्योर हो जाता है न और अनुकूल जब परिस्थितियाँ आती है भोजन वगैरह वातावरणीय कंडीशन जब अनुकूल होती है तो यह क्या करता है बाहर की ओर वृद्धि करता है अपने जनन, जनन के लिए वृद्धि करता है तो इसी भाग को क्या कहते हैं ट्रुला कहते हैं अब तुम कहेगा कि सर ये होता है इसमें कना होता है तुम क्या समझाएंगे? पीछे तुम बोला ये कैसे होती है तो मैं तो बता रहा हूँ कि मेम्बरेन बाहर की ओर जाती है तब कहता है कैसे होता है तो कहेंगे कि कपार को दीवार पर दे मारो और देखना फुट गया तो फुट गया नहीं फूटेगा तो ये जो गुलौरा निकल जाएगा समझ जाना लेकिन तुम याद रखना तुम बहू कोश किए तुम बहु कोश किया और आदमी है तुम इस तरह से जाना नहीं होगा कपार फोड़ लेगा बच्चा नहीं होने वाली है इसीलिए ध्यान रखना ये केवल एक कोश की है इष्ट के लिए आती है क्या है आगे का जो वृद्धि होता है आगे का जो भाग निकलता है उसे ट्रुला कहते हैं और केंद्र का यहाँ पे डिवीज़न शुरू रहता है और केंद्र क्या होता है दो भागों में बढ़ जाता है तो ये क्या होता है बाहर की वृद्धि वाले भाग में जाता है और दूसरा नीचे वाले जनक जो भाग है उसी में रह जाता है और धीरे धीरे ये संकुचित होते हुए सटते और ये मेमब्रेन अलग हो जाते और ये नीचे वाला भाग अलग हो जाता है ये संतति और ये जनक बनता है अब आप लोग जो ऑथेंटिक सवाल था यहाँ पे वो नहीं पूछे सवाल ये था कि यहाँ पर भी एक से दो बन रहे यहाँ पर भी एक जनक से दो बन रहे हैं और बाइंडी फिजन में भी दुई विभाजन में भी एक कोशिकीय जीव से अर्थात एक एक कोशिकीय जीव से दो जीव का निर्माण होता है तो कह सकते हो कि सर इसे भी बाइंडी फिजन क्यों नहीं कह दिए इसे आप टोरुलेसन कह रहे हैं ये सवाल करते थे ऑथेंटिक थी ठीक तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ आप लोगों ने नहीं किया फिर भी मैं जवाब दे देता हूँ देखिए बाइंडी फिजन में क्या होता है इक्वल डिवीजन होता है फिजन का तात्पर्य है इक्वल डिविजन बट यर अनइक्वल डिविजन हो रहा है बाइंडी फिजन में दो बराबर भांग बटा माता पिता कौन यानी जनक कौन है और संतति कौन है पता नहीं है उसमें पूरा का पूरा दो भाग में बराबर बट गया लेकिन इसमें एक छोटा और एक बड़ा बना इस प्रकार इसमें क्या है बाइंडिफ्यूजन संतर है द्वि विभाजन संतर है इसमें संतति भी बनता है जनक का भी अस्तित्व बना रहता है उसमें जनक का अस्तित्व क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो टॉरेशन को और अभी तक भी आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो YouTube चैनल मेरा बायोलॉजी अब प्रकाश सर एपी को सब्सक्राइब कीजिए और मैं इसी तरह से रोज़ बायोलॉजी का एक से बढ़कर एक टॉपिक और आसान शब्दों में आसान तरीकों से आपके बीच चलाता रहूँगा अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद